एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक गजब का कुत्ता खरीदा उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पर चल सकता था अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तों का शिकार करने के लिए बुलाया उसके दोस्त आए और बंदूक से दो तीन बत्तों को मार गिराया जो कि पानी में गिर गई थी अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तों को लेकर आ उसका कुत्ता भागता गया और बत्तों को लेकर आ गया लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा नहीं लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा उन दोस्तों ने कहा कि हां एक खास चीज देखी है तुम्हारा कुत्ता थैर नहीं सकता घाइज कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए घाइज ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक मिलता में